जख्मी बाबे दि जोली तू किए धी मासू मठ गई बाबा जाने आधी जाने जख्मी बाबे जोली तू किए थी गई सोच गई बाबा जाटी जाने, जाने सीने देने है से गई बाबा आई जख्मी प्यों को मिलन ते विच बन दे सैण मासो मिच मक तल दे दी मुलाकात अजा करीना वाह प्यो सर चुमियाधी गल चुमिया तू आ गई अशमेर कमीना जी पुछ बाबा घर जुलसो ह सीता न मदीना